नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेंद्र मोचित्रा आप सभी का स्वागत करता हूं गुजराती चेस जोन में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी हिस्टोरिकल मैच दिखाने जा रहा हूं जो करवाना फेबियानो और इंडियन प्लेयर कुकेश के बीच में हुई थी हाल ही में 44 फोर चेस ओलंपियाड जो चेन्नई में चल रहा है उस उसमें इन दोनों के बीच की मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी और कुकेश ने करवाना को पराजित किया था बुकेश ने ब्लैक पेसेज से खेलकर सिसलियन ओपनिंग की थी जिसमें तो हम मूव बाय मूव इसमें देखेंगे आज करवाना वो प्लेयर है जिन्होंने मैग्नेस कार्लसन को पहले वर्ल्ड चेस चैम्पियन के लिए चुनौती दी थी और उसमें भी वो पराजित हो गए थे तो चलिए देखते हैं बुकेश वर्सेस करवाना करवाना वाइट से ई फोर गुकेश नाइट एफ नाइट से सिक्स बीबी फाइव जी सिक्स कैसल बिशप जी सेवन बिशप टेक्स नाइट बी टेक्स क्वीन क्वीं सेवन एच थ्री डी सिक्स ये सब नॉर्मल मूव है ओपनिंग के ऑन फाइव पॉन टेक्स पॉन डी थ्री सी फाइव नाइट सी c takes टेक्स डी थ्री सी टेक्स डी थ्री यहाँ पे करुआ ना ने एक पॉन सेक्रीफाइस किया है लेकिन कुछ मूव्स के बाद वो वापस भी लेने वाले है नाइट एच knight takes ई फाइव अब दोस्तों गेम इक्वलाइज हो गई है ये पोजिशन में अगर बिशअ टैक्स नाइट होता है तो बिशफ टिक्स एच की थ्रेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ नाइट ये सेक्रीफाइस मूव नहीं है नॉर्मल मूव है नाइट एफ फाइव देन डिस्कवर अटैक बाय करवाना बिशअप एफ काफ़ी अच्छा रिप्लाई की इन बी सेवन discover से मूव क्यू इनको हटा के बी टू टारगेट नाइट एफ सपोर्टिंग ऑन बी टू एफ सिक्स नाइट एफ वापस कैसल डी फोर जी फाइव बिशप एस आप देख सकते हैं कि गुकेश ने काफी अटैकिंग गेम खेली है इसमें और थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि गुकेश का जो किंग है उसके आसपास के जो स्क्वास हैं उसने किंग को पूरा ओपन कर दिया है लेकिन ये ग्रैंड मास्टर्स कैसे भी गेम को संभाल सकते हैं एच फाइव रूक ई फोर क्वीन डी सेवन क्वीन सी टू रुक एफ सेवन डी वन बिशप एफेट क्वीन ई टू करवाना ने यहाँ पे ई सेवन पॉन को टारगेट किया है और उसी पर प्रेशर बनाए रखा है गुकेश प्लेड क्विंटी फाइव विद द थ्रेट ऑफ क्विंटेक्स ए टू नाइट सी थ्री डिफेंडिंग और काउंटर अटैक ऑन क्वीन अगेन क्वीन डी सेवन क्वीन सी फोर पिनिंग जरूर फिर से क्वीन बी सेवन बी टू पान को टारगेट बी फोर ई सिक्स बीसअ एफ एट वाला बीसअप बी फोर पर टारगेट कर रहा है वाइट प्ले रुक सपोर्ट क्वीन बी सेवन रुकी वन अगेन क्वीन बी सेवन बुकेश चाहते हैं कि यह गेम ड्रॉ हो जाए इसलिए दो बार रिपीट किया लेकिन करवाना ऐसा नहीं चाहते उन्होंने नेक्स्ट में पोन से फोन सपोर्ट कर दिया पोन ब्रेक के लिए ए फाइव नाइट ए फोर विद द थ्रेट ऑफ नाइट बी सिक्स डी एट पॉन टेक्स पौन रुक टेक्स पौन नाइसी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू रुक टेक्स ए अब यहाँ पे कुकेश धीरे धीरे एक पौन प्लस हो रहे आर डी एट सेवन जी फोर ओंटेक्स पॉन टेक्स पाइट एच सिक्स विशअप जी थ्री एफ फाइव नाइट टेक्स एफ फाइव ऑन नाइट रुक टेक्स और यहाँ पे ब्लैक एक पीस अप हो गए हैं बिशअप हो सकता है यहाँ पे एक्सचेंज रुक रुक चेक अपरापोस रिवन बिशअप फोर्स मेट की थ्रेट है रुक टेक्स सॉरी बिशअप एपेट और रुक से सपोर्ट बिशअप टेक बिशअप रुक इन टू रुक क्वीन चेक फिर नाइट ई फोर फोर्स मूव है क्विंटेक्स ई फोर और यहाँ पे क्वीन डी फोर क्वीन ई फाइनल हूँ और इस पोजिशन में करवाना रिजाइन द गेम क्योंकि आप देख सकते हैं कि रुक टेक्स क्वीन नॉट पॉसिबल आफ्टर रुके वन चैक रुकी वन और मेटिन टू है तो काफ़ी बढ़िया गेम थी दोस्तों और इसी गेम में मूव बाई मूव आप एनालिसिस uh, करोगे तो आपको इसमें डिटेल में ज़्यादा समझ आएगा तो आज के लिए ये गेम आपके लिए मैं लाया हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ गुड बाय जय हिंद